हेलो व्हाट्सअप गाइज तो भाई कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे आप लोग के लिए मेरा नया चेहरा है तो भाई मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई मेरा नाम है प्रभाकर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं सोचा कुछ यूट्यूब पे मैं बहुत सारा वीडियो देखा बहुत लोग अपना ब्लॉग डाल के बहुत सारा अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी सोचा कि ऐसा ही कुछ किया जाए और पैसा कमाया जाए तो भाई मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन बजा के ऑल पे सेट करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मेरा लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए करें तो भाई मैं यूट्यूब में एक दो महीना से काम कर रहा हूँ लेकिन कोई रिस्पांस नहीं कोई सब्सक्राइब नहीं हो रहा है भाई तो भाई इस छोटा भाई समझ के भाई अपने भाई को भाई सपोर्ट करें और हमारे चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब कर देना यार